समय समय बहुत कीमती है ये सब जानते हैं पर समय की कीमत कोई नहीं करता समय की कीमत कोई नहीं समझता समय को कोई खरीद नहीं सकता पर समय सबके लिए बराबर है चाहे अमीर हो या गरीब समय किसी से भेदभाव नहीं करता कुछ लोग इस समय का उपयोग कर अपना समय बना लेते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं ये सब जानते हैं ये कभी नहीं रुकने वाला दुनिया की हर चीज रुक सकती है लेकिन समय कभी नहीं रुकता समय फ्री तो है पर प्राइस लेस है। आप समय को खरीद नहीं सकते लेकिन आप इसे यूज कर सकते हैं और अगर एक बार आपने इसे खो दिया तो इसे वापस कभी नहीं पा सकते जब पैसों की बात आती है तो सभी लोग सोच समझकर खर्च करते हैं दस रुपए भी अगर हम खर्च करते हैं तो बहुत सोचते है लेकिन जब बात समय की आती है तो हम क्यूँ नहीं सोचते सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि अभी बहुत समय है आज है कल है दिन है रात है हफ्ते है साल है पूरी लाइफ है जबकि सच तो यह है कि हमें खुद पता नहीं कि अगले पल हमारा जीवन रहेगा या नहीं फ्रेंड हमें ये वक्त फ्री में मिला है शायद इसीलिए हम इसकी वैल्यू नहीं करते और बात पैसों की करें तो पैसे के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है तब कहीं जाकर वो हमें मिलता है और इसीलिए शायद हम उसकी वैल्यू करते हैं फ्रेंड हजारों साल पहले गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि उसके पास समय है और जिन लोगों को यह लगता है कि पैसा समय से बड़ा है पैसों से समय को खरीदा जा सकता है वो लोग बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि फ्रेंड समय रहते पैसा बना सकते हो लेकिन पैसों से आप गुजरे हुए कल को या बीते हुए पल को नहीं खरीद सकते उसे पैसों से वापस नहीं लाया जा सकता अगर आप करोड़ों रुपए देकर भी भी बीते हुए कल का सेकंड अगर खरीद लो, तो मुझे रूपए घंटे पास वही है।, है।, है बस कौन इसका सही यूज करता है यही चीज आपको महान बनाती है एलोन मस्क साल के तीन सौ पैसठ दिन काम करते हैं और एक भी दिन अपने काम से छुट्टी नहीं लेते मार्क अपना समय बचाने के लिए एक ही तरह की टी शर्ट पहनते हैं है जिंदगी बदलने के लिए लेकिन जिंदगी दोबारा किसी को नहीं मिलती वक्त दोस्त चीटिया भी गर्मियों में खाना स्टोर करके रख लेती है की बारिश में आराम से खाना मिल सके और इसके लिए वो गर्मियों में दिन रात जमकर मेहनत करती है क्यूँकी उन्हें पता है अगर अभी हमने खाना स्टोर करके नहीं रखा तो हो सकता है की बरसातों के दिनों में हम भूखे मर जाए हर रोज सेकंड हमारी लाइफ से चले जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारी लाइफ इतनी तेजी से गुजर रही है समय का कोई हिसाब नहीं है इसीलिए आज से अभी से अभी खुद से प्रॉमिस कीजिए कि अब जिंदगी का एक भी सेकंड आप बर्बाद नहीं करेंगे इस लाइफ की वैल्यू समझेंगे सारी शिकायतें सारी दुश्मनी सारा गुस्सा एक जगह रख अपने मन से मिटाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में समय की कीमत जानने में थोड़ी बहुत मदद जरूर करेगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत